जैसे ही ध्रुव ने देखा कि उसके सभी साथी एक बार फिर उसकी बात मानने को राजी हो गए तो उसने मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगा और फिर वो पलट करते हुए ध्रुव अपनी चलकर गया जिसके बाद उसने उन्हें दवा देते हुए कहा तुम लोग ठीक तो हो इस पर नए स्टूडेंट्स के लीडर ने चेहरे पर ढेर सारी खुशी के साथ ध्रुव को जवाब दिया ध्रुव हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया अगर आज तुम्हारी टीम तो स्टूडेंट्स हैं अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या तुम हमारी मदद करोगे सीनियर्स को अच्छा सबक सिखाने में वही ध्रुव के मुंह से यह सवाल सुनते ही नए स्टूडेंट्स एक पल के लिए हैरान रह गए जाहिर सी बात है कि सीनियर्स के खिलाफ जाना उनसे की हुई बगावत के बराबर था इसलिए वो लोग कुछ पलों के लिए सोचते रहे जिसके बाद सभी ने दाँत पीसते हुए अपना सिर हिलाया उन्हें अच्छे से याद था कि पिछले दो दिनों में बहुत से सीनियर्स ने अपनी भड़ास इन नए स्टूडेंट्स पर निकाली थी और यह देखकर नए स्टूडेंट्स के जहन में भी बहुत गुस्सा भर गया था लेकिन ताकत की कमी के चलते वो बेचारे नए स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर पाए फिर ध्रुव ने जैसे ही देखा कि नए स्टूडेंट्स का वो ग्रुप उसकी टीम की मदद करने के लिए राजी हो गया तो उसने मुस्कुराकर आगे कहा अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूंगा कि तुम सभी कुछ वक्त के लिए मेरी बात मानो फिक्र मत करो कुछ गलत करने को बिल्कुल नहीं कहूंगा इस पर नए स्टूडेंट्स में से एक ने अपना सीना ठोककर ठोक अंदाज में ध्रुव से कहा ध्रुव तुम बिल्कुल फिक्र मत करो तुमने अभी अभी हमें सीनियर से बचाया है तुम बस कहो कि हमें क्या करना होगा वही नए स्टूडेंट्स का यह जज्बा देखकर ध्रुव खुद भी एक पल के लिए हैरत में पड़ गया उसने सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी उसकी मदद के लिए राजी हो जाएंगे मगर ध्रुव नहीं जानता था कि मुश्किल वक्त में उनकी मदद करके ध्रुव ने पांचों में, में फैलती खबरों की ध्रुव की बहुत करने लगे थे। और ये इज्जत ध्रुव ने अपनी ताकत और हौसले के दम पर हासिल की थी यही सोचकर ध्रुव ने अपने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए अपनी बात कही अगर ऐसी बात है तो इस मदद के लिए दिल से शुक्रिया देखो मैं बताता हूँ की तुम्हें क्या करना होगा दरअसल तुम लोगों को इस जंगल में फैलकर सारे नए स्टूडेंट्स को ढूंढना होगा उसके बाद तुम्हें उन्हें यह समझाना होगा कि अगर वो अपनी खोई हुई आग शक्ति वापस हासिल करना चाहते हैं और अगर उन्हें मुझ पर यकीन है तो वो सभी इस जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं एक बार सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, फिर होगी इस जंगल में जंग जिसमे हम सभी नए स्टूडेंट्स अंदरूनी हिस्से के गुरूर से भरे सीनियर्स को मजा चखाएंगे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए इतना कर सकते हो या नहीं ये सुनते ही नए स्टूडेंट के ग्रुप में अलग सा जोश दिखाई देने लगा जिसके साथ उन्होंने जवाब दिया बेहारे मदद कर सकते हैं इतफाक है यही वजह है की वो सभी स्टूडेंट जंगल में छुपकर बैठे हुए हैं लेकिन हमें पता है कि वो लोग कहाँ पर है जाहिर सी बात है की सीनियर से बदला लेने की आग नए स्टूडेंट्स के दिलों में चल रही थी और अब जो की उनके पास इतना सुनहरा मौका था सीनियर्स से बदला लेने का की कोशिश की तो हम क्या करेंगे ये सुनकर उस ग्रुप के लीडर के चेहरे पर हल्की फिक्र दिखी लेकिन उसने ध्रुव से इस बारे में कुछ नहीं कहा तभी ध्रुव ने कुछ सोचते हुए उस लड़के की बात का जवाब दिया अच्छा सवाल है अगर रास्ते में तुम्हें सीनियर की कोई टीम मिल गई जो तुम से आग शक्ति हासिल करने की कोशिश करने लगी तो तुम बिना मुकाबले के उन्हें आग शक्ति पकड़ा देना मैं ध्रुव वादा करता हूँ वही ध्रुव की बात सुनकर पांचों नए स्टूडेंट्स अपना सिर हिलाने लगे इसके तुरंत बाद सभी ने अपने हाथ जोड़कर ध्रुव ऐसी मुस्कुराते हुए कहा ध्रुव तुम बस इंतजार करो बाकी स्टूडेंट्स के आने का हम लोग कोशिश करेंगे की जल्द ऐसी जल्द उन्हें यहाँ लेकर आए जब तक तुम और तुम्हारे साथी हमारे साथ हैं, तो हमें सीनियर्स के खिलाफ मुकाबला करने में कोई हर्ज नहीं है इतना कहकर वो पांचों अलग अलग हो गए और ध्रुव की नजरों के सामने जंगल में अलग अलग दिशा में फैलकर कुछ ही पल में गायब हो गए ये देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए इरा और बाकी सभी की तरफ नजर कर उनसे कहा वो लोग लो मेरी बात मान गए अब हमें सिर्फ इंतजार करना होगा ना के आने का एक बार सभी यहाँ इकट्ठा हो जाए फिर हमारा महा मुकाबला शुरू होगा सीनियर्स के खिलाफ फिर वक्त करने का जिम्मा सौंपा था वो दल से सीनियर से बदला लेना चाह रहे थे दूसरी ओर नए स्टूडेंट्स की बातों पर बहुत लोगों को यकीन ही नहीं हुआ लेकिन थोड़ी उम्मीद के साथ वो लोग नए स्टूडेंट्स के बताए रास्ते पर चलने लगे उसके बाद जब आखिर में वो लोग यहाँ पहुंचे जहाँ उन्हें ध्रुव और उसके साथी ट्रेनिंग करते हुए देखे, तब जाकर सभी की जान में जान आई और सभी ने चैन की सांस ली उसके बाद तो लगातार में स्टूडेंट्स आते गए और उनकी आंखों में यहाँ आते वक्त एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था मगर जब उनकी नजर एक बड़े से पेड़ पर पड़ी जिस पर ध्रुव और उसकी टीम ने सीनियर्स को बांध कर रखा था तो उनका डर धीरे धीरे गायब होने लगा वही उस जगह पर आते स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रख रहे थे की किसी के भी आने पर ध्रुव और उसके साथियों की ट्रेनिंग में कोई खलल न पड़े इसलिए वो सभी ध्रुव की टीम के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो स्टूडेंट्स की ताकत बढ़ती गई जो घने जंगल से होकर सीधे ध्रुव के पास पहुंच रहे थे इस वक्त सभी नए स्टूडेंट्स की आंखों में ध्रुव के लिए अजीब सी इज्जत दिखाई दे रही थी क्योंकि जिस वक्त सब अपने आप को बचाने में लगे थे उस वक्त ध्रुव ने सभी को इकट्ठा कर जुलम्म के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया था इसके अलावा जब उनकी नजर ध्रुव के आसपास बैठे उसके साथियों पर पड़ी तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि बाहरी हिस्से के टॉप फाइव सभी ध्रुव ने, ने गहरी सांस लेते हुए सभी से सवाल किया यहाँ इकट्ठा हुए तमाम स्टूडेंट से मेरा एक ही सवाल है क्या तुम लोग अंदरूनी हिस्से के सीनियर से खुद पर हुए जुल्म का बदला लेना चाहते हो अगर हाँ तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो ये सुनकर सभी नए स्टूडेंट्स ने एक साथ मिलकर आवाज में यकीन और दिल में बदले का जज्बा लिए ध्रुव को जवाब दिया हाँ हम उनसे बदला लेना चाहते हैं वहीं सभी को एक साथ इस तरह जवाब देता देख ध्रुव को सभी की आंखों का आक्रोश साफ साफ दिखाई देने लगा अब उसे इंतजार था इस आक्रोश के बेतरतीब गुस्से में बदलने का इतने में अचानक एक पेड़ में कुछ आवाज सुनाई थी और उसमें से हड़बड़ा तीन लोग बाहर आते हुए सीधे ध्रुव के पास पहुंच गए ध्रुव हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा की तुमने कहा था अब पहुंचने वाले ध्रुव ने अपना समझाया सभी लोग तुरंत जगह जगह ढूंढ कर छुप जाओ आज हम उन सीनियर्स को बता देंगे की नए स्टूडेंट्स को ईट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह आता है और हर तमाचे के बदले उन्हें तमाचा हासिल करने के लिए भी तैयार रहना होगा ध्रुव की बात सुनते ही वहां एक हुए, से तुरंत अपने साथियों से कहा सभी लोग तैयार तो हो जाओ हमें अपने दुश्मनों को एक ही हमले में मार गिराना होगा वही ध्रुव और बाकियों से काफी दूर एक बड़े से पेड़ के ऊपर बैठे दो बुजुर्ग अपनी आंखें खोलकर एक दूसरे को देखने लगे इसके बाद अचानक से वो मुस्कुराते हुए कहने लगे तो आखिर कहा ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है? इसके बाद ध्रुव और उसके आंखें बंद करके उस जगह पर बैठे रहे इस दौरान पूरे जंगल में एक सा सन्नाटा सिर्फ हवाओं की आवाज साफ सुनाई दे सकती थी इस खामोशी को देखकर किसी को भी इस बात का अंदाजा लग जाता कि ये तूफान के पहले की शांति थी फिर वो खामोशी अगले कुछ पलों के लिए तो बरकरार रही जिसके बाद ध्रुव ने अपनी बंद आंखें एक झटके में खोली ऐसा करते हुए उसने तुरंत अपनी आंखें जंगल के उत्तरी हिस्से की तरफ की जहाँ उसे इस वक्त दस से भी ज्यादा ताकतवर शक्तियां बाहर निकालना शुरू किया आखिर में उसके शक्तियों के बहने के रास्तों पर जैसे शक्तियों की एक बाढ़ से आ गई जो उसके शरीर के हर हिस्से तक शक्तियां पहुंचाने लगी ऐसा करते हुए ध्रुव अपने आप को एक बहुत बड़े मुकाबले के लिए तैयार कर रहा था जिस उसे पूरा यकीन था कि उसकी बहुत सी शक्तियां निकल रही थी जिसके साथ सभी ने ध्रुव और उसके साथियों की तरफ गौर किया वही उनके वहां पहुंचते ही सभी ने देखा कि ध्रुव और उसकी टीम भी शक्तियां निकालकर पूरी तरह से मुकाबले के लिए तैयार थी इतने में सीनियर्स में से एक ने मुस्कुरा कर ध्रुव और उसके साथियों को देखते हुए कहा मानना पड़ेगा इन लोगों में काबिलियत तो जरूर है तभी तो इन्हें अपनी ताकत पर इतना गुरूर है यह सुनकर ध्रुव ने अपना सर उठाकर सामने खड़े दस से भी ज्यादा सीनियर्स की तरफ नजर घुमाई फिर बारी बारी सभी को गिनकर ध्रुव को पता चला कि कुल मिलाकर वहां पंद्रह सीनियर्स इकट्ठा हो चुके थे इसका मतलब शतरंज के खिलाड़ियों को छोड़कर इस कंपटीशन में बचे आखिरी पर आ चुके थे। यह एक लड़के ने ध्रुव और उसके साथियों को देख कर कहा हाँ हम यहाँ पहुंच ही गए तुम्हारे गुरूर को ठिकाने लगाने के लिए चुपचाप अपनी आग शक्तिशीत समय थमा दो और ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना की तुम लोग थोड़े ताकतवर हो तो तुम इस कंपटीशन के रूल्स को तोड़ मरोड़ सकते होगा जब तुम अंदरूनी हिस्से में रहने जाओगे और तो और ये नियम बहुत सालों से चलते आ रहे हैं इसलिए इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता अगर तुम्हें लगता है की तुम लोग नियमों को ना मानकर अपनी मन मर्जी कर सकते हो तो तुम्हे इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए इतने में ध्रफ के चेहरे पर एक हसी आ गई जिसके साथ उसने तुरंत अपनी पीठ पर टंगी तलवार को बाहर निकाला ऐसा करते ही उसने सीनियर्स के तीनों ग्रुप्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहाता है, है अब जब खुद वक्त वैसा का वैसा नहीं रहता तो यह नियम क्या चीज है नियमों के बहाने तुम सीनियर्स जिस तरह से आग शक्ति छीनते आए हो क्या वो सही है और अगर वो सही है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते वैसे तो हम अंदरूनी हिस्से में गए नहीं लेकिन एक बात तो जानते हैं कि वहां सिर्फ ताकत की कदर होती है तो अगर तुम ताकतवर हो तो आकर हमारा शिकार करो लेकिन अगर नहीं तो खुद शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ वक्त बदल गया है दोस्त अब सूरज के पश्चिम से उगने का वक्त आया है वहीं ध्रुफ की बात सुनते ही वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो यार तुम लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोग देखे हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं जिसकी स्किन देखने में राख जैसी लग रही थी और उसके हाथ किसी मामूली इंसान के दुगने थे जिससे उसकी ताकत का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था उसे देखकर एक बात तो पक्की हो गई थी वो लड़का शारीरिक तौर पर तो काफी ताकतवर था तभी पहले ग्रुप के लीडर ने मुस्कुराकर कर से आगे कहा देखो मैं एक बात तो मानता हूँ कि तुम लोग ताकतवर तो हो लेकिन अब बात सभी सीनियर्स की इज्जत पर आ गई है इसलिए हम लोग बराबरी का मुकाबला नहीं करने वाले ये कहकर उसने तुरंत अपने पास खड़े दो लोगों को देखते हुए कहा बाकी दोनों ग्रुप के लीडर लांबा और टोनी मेरे ख्याल से हमें मिलकर इन नए स्टूडेंट्स को सबक सिखाना चाहिए इनकी शक्तियों को देख तो ऐसा लगता है कि अकेले इनसे मुकाबला करना हम तीनों के लिए मुश्किल से भरा हो सकता है इसलिए अगर हमें जल्द ऐसी जल्द इन्हें हराना है तो हमें इन पर साथ मिलकर हमला करना होगा यह सुनते ही उसके बगल में खड़े दोनों लीडर्स एक पल के लिए थोड़ा झटकने के बाद हामी भरते हुए कहने लगे, ठीक है, है, वैसे भी अब बात इज्जत पर आ गई इसलिए हम किसी भी कीमत पर इन्हें हरा कर रहेंगे तो क्या होने वाला है फायर हंटिंग कंपटीशन के इस महामुकाबले में जानने के लिए सुनते रहिए दिवन लिया के साथ सुपर योग सिर्फ पॉकेट एफम्बर